दोस्तों आपने बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप का नाम जरूर सुना होगा वही मनीष कश्यप जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सरकारी इंजीनियरों की पोल खोलते हुए वायरल हुए थे आपको बता दें कि मनीष कश्यप हाल ही में जुडिशियल कस्टडी में है आपको बता दें कि जुडिशियल कस्टडी वह समय होता है जब किसी को नोटिस देने पर वह नहीं पहुँचता और मजिस्ट्रेट अपने जिम्मेदारी पर किसी को गिरफ्तार कर लेता है और एक निश्चित समय के लिए उससे पूछताछ करता है आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर एक फेंक वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगाया है और साथ ही साथ सेक्शन फिफ्टी ए सेक्शन फिफ्टी बी सेक्शन 505, सेक्शन 120 सौ बी आई धारा के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है जिसके कारण मनीष कश्यप को इस कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जाएगी देखिए हाल ही में बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच एक मामला सामने आया था जिसमें यह सामने आया था कि बिहार के वर्कर तमिलनाडु से वापस आ रहे हैं। जिसका मेन रीजन यह है कि तमिलनाडु के लोग बिहार के वर्करों को पसंद नहीं कर रहे है इसका मेन रीजन यह है की बिहार के जो निवासी है वो तमिलनाडु के निवासियों से कम हिस्से में वर्क कर देते हैं जिससे तमिलनाडु के लोगों को तमिलनाडु में ही नौकरी नहीं मिल पाती जिसके कारण तमिलनाडु से बिहार के कुछ वर्कर वापस आ रहे थे अब यह बात कितनी सत्यता है इसकी किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी प्रमाण नहीं दिया है पर हाल ही में मनीष कश्यप ने एक ऐसा वीडियो रिलीज किया जिसमे यह पूरा पूरा सच लगा पर इसकी जब पड़ताल हुई तो पता चला की यह वीडियो एडिट करके बनाया गया है और यह वीडियो मनीष कश्यप के ही सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीवर किया गया था जिसके कारण मनीष कश्यप का को जुडिशियल कस्टडी में रख लिया गया है साथ ही साथ एक पोस्ट भी वायरल हुई जिसमें मनीष कश्यप के सरेंडर करने से पहले ही मनीष कश्यप को हथकड़ी में दिखाया गया था और उसके ऊपर लिखा था कि मैं बिहार के लोगों के लिए जेल जा रहा हूँ और मैं लौट के आऊंगा जिसके कारण मनीष कश्यप का के ऊपर फेक न्यूज फैलाने का एक और मामला दर्ज हुआ वैसे आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जय हिंद